हाय फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आज आपके सामने मैं एक ऐसी रेमेडी लेके आने वाला हूं जो दिल्ली जैसे शहरों में जो पोल्यूशन की भरमार है और डेली जो आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं उनके इफेक्ट को कम करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी होने वाली है और जो बड़े नुकसान आपको पॉल्यूशन से हो सकते हैं ये आपको बहुत हद तक बचा लेगा तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सिंपल एक ड्रिंक बनाने से आप अपने आप को रेस्परेटरी सिम्टम्स चाहे वो गले की खराश हो चाहे वो नाक की जलन हो या आपका बार बार खांसी आना या सीने में और नाक में या गले में जकड़न हो एक्चुअल में इसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है एल्डर बेरी फ्रूट तो ये आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है या आपको उगाने की जरूरत नहीं है बड़ा सिंपल इसका उपाय है एल्डर बेरी टी बैग्स आते हैं हर्बल टी जो आती है तो आपको बड़ी आसानी से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा तो आपको एक तो इसकी जरूरत पड़ेगी दूसरा एक आयुर्वेदिक दवाई है एक पौधा है जिसको वॉलार्ट नट के नाम से जाना जाता है हिंदी में इसको अड़ूसा कहते हैं या वसाका के नाम से भी जाना जाता है इसका बोटेनिकल नैम जो है वो अदेटोडा वसाइका होता है इसके अंदर बहुत ही अच्छी एंटी प्रॉपर्टीज पाई जाती है और ये बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट होता है यानी कि जो बलगम अंदर जमा हो गया है उसको बाहर निकालने का ये काम करता है और ऊपर जो हमने एल्डरबेरी की बात की थी उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ साथ ये डिकनजेस्टेंट के तौर पे भी काम करता है एंटी इंफ्लामेटरी के तौर पे काम करता है और आपके लंग्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवाई मानी जाती है हर्बल रेमेडी मानी जाती है और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो होता है दोस्तों अदरक अदरक आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं अदरक के अंदर भी क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल दवाई मानी जाती है आयुर्वेदा और यूनानी में और इसकी ये जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है वो डीकनजे एंटी बैक्टीरियल और इसके अंदर बहुत सारे भी पाए जाते हैं और ये आपको एक तरह से स्टूमिलेंट का काम भी करता है जब भी आप अदरक की चाय पीते हैं तो आपको एक स्फूर्ति और एनर्जी आ जाती है इसके अलावा और दो इनग्रीडियंट आपको जोड़ने पड़ेंगे एक होता है लेमन और दूसरा होता है हनी या शहद अब बात करते हैं कि ड्रिंक बनाए कैसे आपको एक काम करना है एक कप में आप पानी ले लीजिए और उस पानी को आप उबलने रख दीजिएगा गैस चूल्हे पे। उसके अंदर आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े के करीब छोटा एक चम्मच अदरक के टुकड़े इस पानी में आप डाल दें और साथ के साथ जो अधिक टोड़ा वसाई का हमने बात की थी या जो अड़ूसा हमने बात की थी उसकी हरी पत्ती मिल जाए तो बहुत अच्छा है अदरवाइज इसकी सूखी पत्तियों का पाउडर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बड़ी आसानी से अड़ूसा के नाम से या अडूसा के नाम से मिल जाता है छानने के बाद आप एल्डरबेरी का जो टी बैग है वो लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे करीब दो से तीन मिनट तक और इसको डालने के बाद ढकके रखेंगे और बाद में इसको आप थोड़ा सा निचोड़ लीजिए एल्डरबेरी का जो टी बैग है सारा जूस उसमें निकल जाए और फिर इसके अंदर आपको जरूरत होगी थोड़ा सा लेमन जूस मिलाने टॉक्सिन्स मिला को बाहर निकालने में मदद करता है और लेमन के अंदर विटामिनिटी बढ़ाने में मदद करता है इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये आपके लंग्स से ट्रैकिया से ब्रोंकियोल से जो जमा हुआ म्यूकस या बलगम है उसको बहुत ही आसानी से बाहर निकाल देता है और इस तरीके से आपके जो लंग्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं जब आपके लंग्स क्लीन होते हैं तो ऑक्सीजन पूरी तरीके से लंग्स के अंदर जाती है और आप हेल्दी रहते हैं और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो लंग्स हैं वो भी जल्दी से हील हो जाते हैं अगर पॉल्यूशन से कोई नुकसान हुआ होता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद आपकी जानकारी अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको पसंद जरूर करें हालांकि आपको एंटरटेनमेंट देखना ज्यादा अच्छा लगता है बट अगर वाकई आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको अगर अपने हेल्थ की चिंता है तो आईम वेरी श्योर आप इसको जरूर लाइक करेंगे पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेलेकन का बटन भी दबा लें सो तो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे थैंक यू